सभी को प्रणाम हर्बल रेमिडीज नेचुरल स्ट्रेजर में आपका स्वागत है मित्रों इम्यूनिटी को बढ़ाने की विशेष आवश्यकता पड़ती है आज ऐसे ही एक प्लांट की चर्चा करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में विशेष सहायता करता है ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसके ऊपर वाइट कलर के जो फाइबर्स दिख रहे हैं कॉटन जैसे इसका भी बहुत सारा उपयोग किया जाता है इससे मेट्रेसिस तैयार किए जाते हैं तो पहले जाने इस प्लांट का नाम इस प्लांट को कडवीड कहा गया है और यह है गैमोकीटा पैनिसलमेनिका इसका साइंटिफिक नेम है एस्टेसी फैमिली का है इसके जो ये वाइट कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं इससे मेट्रेस भी बनाए जाते हैं और जो मेट्रेसेस होते हैं वो एनजाइटी को रिलीव करने के लिए बनाए जाते हैं इससे नींद अच्छी आती है और साइंटिफिकली इसको अभी प्रूव तो नहीं किया गया है लेकिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में बताते हैं कि इसके जो ये जो वाइट फाइबर्स हैं इससे बनाए हुए जो मेट्रेस होते हैं वो एनजाइटी को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं अब हम जाने इसके केमिकल कॉन्सटेंट की तो इसके अंदर यूसोलिक एसिड और कुमेरिन पाए जाते हैं यूसोलिक एसिड और कोमेरिन हम पहले भी आपको बता चुके हैं नेचुरल ब्लड थिनर का कार्य करते हैं इसके अलावा इसके अंदर बैटोलिनिक एसिड पोलिसट्रॉन और बेकेलिन भी पाया जाता है जो कि ये जो फ्लेवनाइड और जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं यह है अपना जो एक्टिविटी शो करते हैं एन टी एक्टिविटी शो करते हैं यानी कि ये वायरस अगर बॉडी के अंदर कहीं है तो उसके अगेंस्ट भी अपनी पोटेंसी रखते हैं और ख़ास तौर से एन टी इनका पोटेंशियल है और लिथोस्पर्मिक एसिड बहुत अच्छा कार्य करता है इसको लोकल भाषा में कुछ लोग धुड़ू भी कहते हैं धुड़ू तो ये धुड़ू जो है इसको आप ले लीजिए और इसका आप डॉक्शन बनाइए किसी भी प्रकार के जो माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं इन्फेक्शन हो जाता है थ्रोट शोर्स हो जाते हैं उससे आप गारगल्स कीजिए बहुत अच्छा कार्य करता है इसको जब आप चबा के देखेंगे तो चबा के देखने के बाद चिंगम की तरह लगता है इसको कुछ लोग तो पुअर मैंस गम भी कहते हैं पुअर मैंस गम और यह क्या करता है कि डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में अच्छा कार्य करता है लीवर रेमेडिएशन के माध्यम से इसका हमें 10 से 15 ml सेवन कर सकते हैं और क्योंकि हर मौसम में नहीं पाया जाता है इसको ड्राई करके इसका पाउडर बना के भी आप लोग रख सकते हैं बहुत अच्छा कार्य करता है पेट में गर्मी हो गई हो या गर्मी के कारण अल्सर हो जाता हो तो उस केस में भी इसका आप जूस बना के पीजिए बहुत अच्छा कार्य करता है विभिन्न प्रकार के जो गट के इन्फेक्शन भी होते हैं उसमें भी यह गट के मुक्सा को मेनटेन करता है और उसके होने वाले इन्फेक्शन से भी हमें निजात दिलाता है बहुत अच्छा ये प्लांट है साथियों आपको पता ही होगा कि एच वी कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इसको तो लाइलाज भी कहा गया है उसमें मूलत इम्यूनिटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है तो एच वी के पेशेंट में भी इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी गई है और उनमें भी ये इम्यूनिटी बढ़ाने का अच्छा कार्य करता है तो ये जो ज्ञान की बातें हैं आप इसको अपने साथियों को शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले और जो प्लांट हैं उनकी जानकारी आप तक मिलती रहे इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का धन्यवाद प्रणाम